जान भी देखा 12 बोल जलमणा खडेराज पार्क एक कुश्ती टाइमिंग ओ पाले ओ भाई चलो रे गुरुबो ग्रैपलर करमो अपने बच्चे को उसके लोग फरमान ही नहीं है लोरा खाना खड़े खड़े ना है और चल रहेगा man negar wala bola re <tose> sare sik tode to wala bola re yaar man negar wala bola re सेना चुप छत सौ छो अच्छा और क्या है रात जरूर होगा क्या रहता है जरूर होगा ठीक है I big like this <laughs> da Kirit ga bhai us